ऐसे लोगों से रहे। और नकली चेहरा सामने आया असली सूरत छिपी रहे लेकिन कहना है कुल ओजिया रो फुलिया को लेजिया खिलो नई को और आज चौक चौक में चौक पुरे हैं क्योंकि आज ये चौक है चौक चौक में चौक पूरे हैं आज चौक है लाल को और कैसो ई आशा के, तो? के, के आसमान में उदय भो ध्रव तारा है के आसमान में उदय भव ध्रुव तारा है ध्रुव तारो है कि चंदाजें तो प्यारो प्यारो लागत है तब मारो है आ, लागत प्रेमी भो प्रतिपाल चौके चौक में चौके पुरे चौक की माँ चो की हमारी भतीजी अरे भरी ईश्वर ने फूली माता नहीं समाती है कोद भरी ईश्वर ने फूली माता नहीं सयानी है माता नहीं समानी है और देख खिलौना पूरा भरी देख खिलौना रुद्रांश को अरे देख खिलौना पूरा भरे की अखिया आज जोड़ा और गुण है कृष्ण कन्हिया जैसे और ये अमूल्य आशीर्वाद हमारे आदरणीय शिक्षक महोदय जी पंडित श्री महेंद्र पाठक जी और आदरणीय शिक्षक महोदय जी श्री श्यामलाल पटेल जी आपकी तरफ से पुनः ये दो रुपए की पद मुद्राएं इसी बधाईगी पर खुश होकर के प्रदान हुई धन्यवाद है स्वागत है वंदन है अभिनंदन है लेकिन कहना अरे गुण हैं कृष्ण कन्हिया जय गोरे गोरे गाली कन्हैया सांवले लेकिन के गुण है कृष्ण कन्हैया जैसे गोरे गोरे गाल शौक शौक में चौक शौक है लाल आज जुड़ानी ऐसो समय दो परमात्मा अखियाँ आज जोड़ानी ऐसो समय दव परमात्मा पाए किरण खिले गई कुमुदनी भर गई सबकी आत्मा हाँ। मन हर मन छलिया छलिया दुआएं दुआएं का भगवान कृष्ण कन्हया अपना आशीर्वाद हमेशा इस परिवार पर और बालक पर बनाए रखें मन हर छलिया तेत दुआएं पंजा रहे का और चौक चौक है आज तो के वो है कि और कछू ना मांगो मोरे माना और ना